कौन सी गली है मेरी कौन सा जहा है मेरा, कौन सी डगर है मेरी और घर कहाँ है मेरा? पैदा हुए जहा पे पले बढ़े पे, एक बात सुनी सबसे ये घर नहीं तुम्हारा बेटिया पराई होती हैं पराये घर को जाना जहाँ भाग लेके जाए वही घर है तुम्हारा भाग्य के सहारे एक रिश्ता बन आया खुद की खबर न दिल की कहीं खो ही गई खुशियां जीवन किया समर्पित और फिर यही सुना कि ये तो पराई है पराये घर से आई है तुम्हारा वही है ये घर नहीं तुम्हारा जिंदगी की ठोकरों ने ये सोचने पे मजबूर किया कि इतनी जगह बना सकूं उम्र गुजर जाने से पहले कि हक़ से जा सकूं कहके ये ज़मीं थी मेरी ये जहां था मेरा ये गली थी मेरी और ये घर था मेरा